नर्मदा जयंती पर किसानों के कल्याण की कामना को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की और माँ नर्मदा को एक सौ मीटर की चुंदरी चढ़ाई माँ नर्मदा के जन्मोत्सव के अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने माँ नर्मदा के नावी स्थल हरदा जिले के हंडिया पहुंचकर कर नर्मदा का विधि विधान से अभिषेक पूजन आरती की और माँ नर्मदा को एक मीटर की चुनरी चढ़ाई